भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार के समय हम लोग गांव-गांव, गली गली शहर में चारों तरफ चाहे नदी उस पार हो चाहे इस पार हो सदर विधानसभा को माननीय गिरीश चंद्र यादव की देखरेख में और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी एबी जी की देखरेख में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास मूल मंत्र के साथ योगी जी और मोदी जी दोनों लोग आम जन के लिए अच्छा काम किए हैं इसमें जो हम लोग देखे हैं जो सुने हैं हर महिला जिसके दरवाजे पे जाते थे यही कहते थे कि जिसका मैं नमक खा रहा हूँ जिसका चावल दाल आटा खा रहा हूँ तेल खा मिल रहा है हम उसको वोट नहीं देंगे भगवान हमको माफ नहीं करेगा भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास एक बात जरूर है लोग कहते हैं कि आहिर मिताई कब करे जब सब जात मर जाए आहिर मिताई कब करे जब सब जात मर जाए किसने कहा था कब कहा था किस समय कहा था या उस समय की बात है कि द्रौपदी को कौरों जुआ में जीते थे और पांडव जुआ में हारे थे द्रौपदी को भरे सभा में अपमानित करना चाहते थे नंगी करना चाहते थे दुशासन जिसके पास दस हजार हाथी का बल था और इधर भीमसेन के पास भी दस हजार हाथी का बल था पांडव के पास जुआ में जीत गए अपमानित करना चाहे वहाँ पे राजा महाराजा और बलशाली चाहे द्रोणाचार दुरो, हो, चाहे भीषमाचार हो, चाहे गंगा पुत्र हों चाहे भीम हो अर्जुन हो नकुल हो कृष्ण हो सभी लोग बैठे थे सभी लोग बैठे थे जब दुशासन द्रौपदी को नंगा करना चाहता था तो द्रौपदी सबके ओर ही हाथ जोड़ करके सबके तरफ जब हाथ जोड़ी कि हमारी इज्जत आप बचा लीजिए सभी लोग जितने बलशाली थे राजा भी थे बलशाली भी थे सब लोग नीचे मुड़ी कर लिए द्रौपदी आखिर में कृष्ण को याद किया कृष्ण ने द्रौपदी को माया रूपी साड़ी पहनाया दुशासन के पास दस हजार हाथी का बल था वह नंगा करना चाहता था अपमानित करना चाहता था तो द्रौपदी ने भगवान को याद किया कृष्ण को किष्ण ने अपना आशीर्वाद अपना सहयोग की दिया और द्रौपदी द्रौपदी याद किया तो ने उसकी मदद किया अब दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया उसके पास दस हजार हाथी का बल था तो उसने कहा दुशासन ने कि साड़ी है कि साड़ी है, बीच नारी है कि नारिये की साड़ी है वो थक गया हैरान हो गया तो उसके बाद नहीं कुछ कर पाया तो द्रौपदी ने कहा न्याय पे अन्याय भारी है न्याय पे अन्याय भारी है धर्म पे अधर्म भारी है अरे अर्जुन तुम्हारे धनुष अवगा पे धिक्कार है और भीम तुम्हारे गदा पे भी धिक्यार है आज भगवान कृष्ण द्रौपदी की इज्जत बताए इस महाभारत के चुनाव के संग्राम में जो मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी का आम जन ने बचाने का काम किया है अपना सहयोग देने का काम किया है हम आम जन उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई और धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मोदी जी का कहना है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आज दूधिया समाज दुग्ध समाज सेवा समिति जौनपुर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है भारतीय जनता पार्टी की जिताने का काम किया है वोट देने का काम किया है और सरकार बनने में कोई दिक्कत ना हो ये दुग्ध समाज के लोग अपना पूरा पूरा योगदान भारतीय जनता पार्टी के दिए हैं हम दुदिया सम, दुग्ध समाज सेवा समिति के रमेश चंद यादव हम लोग नौ विधानसभा में वोट मांगने का काम किया हूँ संगठन की तरफ से अब विशेष रूप सदर विधानसभा माननीय गिरीश चंद्र यादव जी के म, समर्थन में हम लोग अब आशा और उम्मीद करते हैं माननीय योगी जी से मोदी जी से आप मंत्री जी को राज्य मंत्री बनाए थे आप इनको कैबिनेट मंत्री बनाने का काम करेंगे सरकार को हम बधाई और धन्यवाद देंगे क्योंकि राज्य मंत्री आप बना दिए है जिससे इन्होंने जौनपुर का विकास किया है इन्होंने पुल का, का काम किया है तीन पुल बनवाने का, का काम किया है और इन्होंने जो लोग शमशान घाट पे हैरान होते थे परेशान होते थे जौनपुर से लेके किल तक यह स्मशान घाट बनवाने का काम किए हैं सरकार का सहयोग रहा है हर घाट के लिए बयालीस बयालीस लाख रुपया माननीय मंत्री जी सरकार से मदद मांग करके बनवाने का काम किए इसी के साथ आम जन को बधाई और धन्यवाद